जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और प्रधानमंत्री के पास चलने के लिए साढ़े आठ हजार करोड़ का विमान हो हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं कि इस देश के आम लोगों के हाथ में शिक्षा नहीं हो